सुनो सुनो नहीं जा जाके शोद से कह रूंगी रियाली पिया बिना पिया बिना सी बजया नंद लाल कर सो जा सो जा सो जा सो जा